हाँ। आपकी मैं मेकरी करूंगा सर थोड़ी सी कर दो जी देखो ना जी समझो ना जी भाई ये क्यों रहा है। थोड़ा ज्यादा फड़फड़ा गए मैं मतलब इतना नहीं हाँ एक मिनट देखो ना जी हाँ। ऐसी तो होता है हाँ। अरे मेरे अंकल अंटीज फील करो ना जी फील करो बस फील करो कुछ नहीं बोलना सिर्फ देखना है जी बस देखते रहो बस स्टेशन खत्म हो गया आसान है ठीक है सबसे पहले उसी से शुरू करें जो सुबह से जब आप आए हो आपके दिमाग में घूम रहा है yes. क्या घूम रहा है आप लोगों के दिमाग में yes. क्यों नहीं है फीमेल एनी आइडिया मतलब क्या ऐसा क्या होने वाला है yes. मैं आपको बता देता हूं इस सस्पेंस को खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जो टॉपिक है ना वो ये है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी आपको पता होगा जिसमें मैंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं मेरे आने वाले सेशंस में कौन से टॉपिक्स टच होने चाहिए yes. राइट हाँ उसको काफी टाइम हो गया उस वीडियो को अपलोड हुए नियर अबाउट आई थिंक दो महीना पहले वो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें टॉपिक था जिसके ऊपर बहुत लोगों ने लाइक किया हुआ था और वो चाहते थे कि वो टॉपिक हो लेकिन हो क्या रहा था मेरे जितने भी सेशन हुए हैं उसके बाद में जैसे ही मैं पूछता था एक तरह की वोटिंग होती थी कि भाई कितने चाहते हैं ये टॉपिक होना चाहिए तो फीमेल्स के हाथ ऊपर नहीं आते थे या दो तीन फीमेल्स अपने हाथ ऊपर करती थी बाकी मेल्स ऑलमोस्ट सब अपने हाथ ऊपर करते थे तो वो टॉपिक है आई एम श्योर आप सबका इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में दैट इज हाउ टू स्टार्टअप बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट कैसा लग रहा है yes, अब इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं टॉपिक को क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो वहां पर एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्ट होगा ही होगा तो टाइम की तो अपनी वैल्यू है ही प्लस आप यहाँ पर भी आए तो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ थोड़ा बहुत तो पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है yes, तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या मे बी से 10-20000 पे, इतना तो ठीक है इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं सब लोग एक काम करने के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपने करियर के लिए ठीक है तो अगर 10-20000 के अंदर अंदर हमको कुछ करना है जो शुरू छोटे लेवल से होगा ऑब्वियसली क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन उसको बड़ा बनाना है तो वो कैसे होगा ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक है सुनने में ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल लगेगा क्योंकि था क्या होता है? के नाम पे लोग ले को भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इस बात से सर मैंने सोचा था की कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था की करना तो बिजनेस ही है बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से बिल्कुल नहीं लड़ रही तो कुछ नहीं सीखा मैंने मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने तीन लाख रुपए वेस्ट कर दिए वही मैं कहीं और लगाता खुद से कुछ सीख के यूट्यूब से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सक्सेस से सीखे फेलियर से भी अगर आप सीख लेते हो तो देट इज इंटेलिजेंस मतलब इससे हमको क्या समझ आ रहा है इस बात से अपने पैसे को बचा के रखो कोई भी उठ करके आ जाए और वो बोले कि हाँ भाई Uh, हम आपको ये, ये कर देंगे, वो कर देंगे ये ये कर लो, उसके बाद में में हो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो उठा करके अपने पैसे उसको मत दो। अगर में आपको बिजनेस कुछ बड़ा करना है सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है वो रोड पर चलते चलते भी सीख सकता है अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो यानी अगर माइंडसेट बन गया है तो माइंडसेट नहीं बना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ किसी भी बंदे को कितना भी पैसा दे दो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला तीन लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं बहुत बड़ा अमाउंट है तीन लाख में आप आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा आप दस अलग अलग तरह के बिजनेस ट्राई कर सकते थे तो दस में से एक तो चलता समझे मैंने क्या बोला है हाँ तो ऐसे सोचो बजाय किसी को देने के पैसा खुद करो और बात रही सीखने की तो ये इंफॉर्मेशन एज है इस गलतफहमी में मत रहो कि आपको इंफॉर्मेशन के लिए पे करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस एज दैट वी आर लिविंग इन कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं बता रहे हैं तो आपके पास में मैंने वैसे अपनी बात करी नहीं थी लेकिन ठीक है जी श्रद्धा है आपकी। थोड़ा सा समझ ना मेरे इस बात को ध्यान से पैसे को बचा करके रखो पैसे का ही तो सारा खेल है पैसे को और टाइम को बचाओ अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझो बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप सॉल्यूशन निकालो अब एक है आप जाकर के आइडियाज ढूंढो यहां से, वहां से बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं मतलब कहीं गए आइडियाज सर्च करने लग गए या दोस्तों से पूछने लग गए यार बिजनेस करना चाहता हूं तू बता दे कोई बड़ी ऐसी लाइन बता दे लाइन क्या होती है ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, है होता नहीं सुना है ना yes, मेरे बेटे को अच्छी सी लाइन बता दो <laughs> अरे सुबह से रात तक लाइन ही तो मारता करता गया <laughs> जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है <laughs> सुबह से रात तक जो भी आप करते हो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कितनी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसका सलूशन आपके लिए निकालना है, या ऐसी जिसको आपने खुद कभी किया ही नहीं है और आप सर्वे करो आपको सोल्यूशन आप रहे हो क्या ज्यादा आसान है समझ गया है मेरी बात तो करना क्या है अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे वहीं से अंदर से एकदम से निकल करके आएगा हो सकता है आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही हो वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है हो सकता है घर में कोई छोटा सा काम कराया हो वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो जैसे घर में कीड़े मकोड़े सबके होते हैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा कीड़े मकोड़े <laughs> <laughs> तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो उसने कहा कि एक साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया उसके बाद मैं एक दो बार आया उसके बाद आता पता ही नहीं है या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं yes. कि आपने खुद फेस करी या नहीं करी है yes, तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है yes, तो आइडिया मिल गया नहीं मिला yes, समझ गए तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना नहीं समझे मैंने क्या बोला यह समझ आ गया इसके लिए कौन कौन सी डिग्री चाहिए, कौन चाहिए? सा डिप्लोमा अभी देखो बात करते करते एक आया है। रुक जाओ हाथ नीचे मुझे आप लोगों भी मेरे साथ -साथ में नजर आ रहा है yeah, yeah, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कितने घर है इंडिया में कितने कीड़े मकोड़े हैं अगेन आपकी बात नहीं बह� हो रही ये प्रॉब्लम है या नहीं है yes, हर एक की प्रॉब्लम है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इतना बड़ा कुछ है अगर उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री का, तो कितना कमा सकते हो लगाओ दिमाग इसको कहते हैं दिमाग का खुला होना अगर अभी ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो अगर सुन करके कह रहे हैं आ, नहीं, नहीं। <laughs> क्या होगा इन सबसे तो कुछ नहीं होने वाला तो बेकार है अगर दिमाग खुला होगा तो अभी आप देख पाओगे मेरे साथ साथ में इसी में देखें इसी को इसी को करने की कोशिश करें yes, हाँ देखते हैं इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं देखते हैं शायद कुछ निकल के आएगा यहां से देखो अभी मैंने बोला घर में आपके ये प्रॉब्लम है आपने पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट कराया अलग अलग लोगों को ट्राई किया एक को ट्राई किया वो आया पैसे वैसे लेकर के भाग गया दूसरा आया उसका काम ही नहीं कर रहा है वो मतलब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही तीसरा आया फिर वहां पर मजा नहीं आ रहा तो चौथी बार आपने क्या कहा बाढ़ में गए सारे के सारे मैं तो खुद करूंगा बिजनेस की शुरुआत हो गई या नहीं हुई इतना आसान है बिजनेस करना इसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए आपको कौन सा एम चाहिए कौन सी डिग्री चाहिए कौन सा डिप्लोमा चाहिए इसको बिजनेस बोलते हैं इसको धंधा बोलते हैं अब स्टेप बाय स्टेप देखो आपने कहा पहले अपने घर से शुरू करते हैं कि वो बंदा लेता है पांच हजार रुपए देखता हूं इसकी मार्केट कहां पर है उसकी कोई ना कोई होलसेल मार्केट होगी जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं जहाँ पे उसके इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो सब कितने के होते हैं वो जो इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं क्या नहीं नहीं नहीं आप तो ऐसे बोल रहे हैं आपका काम ही यही है <laughs> <laughs> कोई है यहाँ पे जिसका काम हो ये नहीं सर खटमल मारने का। खटमल मारने का काम है आपका <laughs> <laughs> <laughs> मिनट तो यार हाँ, क्या के के अंदर सर बहुत बहुत सारे सारे खटमल हाँ, हाँ. तो उसको मारने लिए लोग आते लेकिन हाँ. मार नहीं पाते हैं खटमल कभी ही मरा ही नहीं खटमल मरा ही नहीं खटमल अमर है तो अब उसको कैसे मारा जाए यही आपकी लाइफ का गोल हो जाए कि भाई खटमल मारने हैं बुरा नहीं है ये आइडिया देखो ऐसे ही हम हंसते हैं लेकिन और मजे की बात बताओ जब भी आप कुछ करोगे ना अपने बेस पे इसके लिए मेंटली रहना कि दुनिया तो अब आपने अपने घर से शुरू किया अब इसमें क्या वो टाइम वेस्ट हो रहा है या, या यूटिलाईज हो रहा है yes. कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है yes. मैं कह रहा हूँ जो भी कर रहे हो वो आप साथ में कर रहे हो कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो कोई ना कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो कर रहे हो कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रहे हो कर रहे हो एकदम से छोड़ नहीं दिया है छोड़ने की इसमें, समझे? सोल्यूशन निकालूंगा चलो कितना लेता है वो बंदा मान लो पांच हजार रुपए लेता है साल का तो अगर मैं ये जो भी वो, मशीन होती है और होती है वो ले लू एक मास्क ले लू आपने पूरी बनाई अपनी और आपने वो पूरी किट देखी कि पांच हजार रुपए में बन रही है तो आपका बिजनेस क्या जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू नहीं हो हो गया गया yes, सर yes, yes. लगाओ थोड़ी सी बुद्धि अंकल आंटी आंटी नहीं पांच हजार रुपए आपने उनको भी देना ही था आपके माँ बाप ने वो उनको ना दे करके आपको दे दिया आपका क्या गया कुछ भी नहीं, था। कुछ भी नहीं। जीरो इन्वेस्टमेंट और अगर अपने घर की प्रॉब्लम आपने अच्छे से सोल्व कर दी वही काम वो लोग जो पांच हजार में कर रहे हैं वो आपने तीन हजार में करना शुरू कर दिया या ढाई हजार में करना शुरू कर दिया अपनी सोसाइटी में, में का बड़ा शौक है कि पांच हजार रुपए का है लेकिन अगर अगले एक हफ्ते के अंदर आप कराते हो तो पचास परसेंट डिस्काउंट है आपका ढाई में हो जाएगा एक साल का पूरा का पूरा आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है मान लो ओरिजिनल दवाई हजार की आती है और जो डुप्लीकेट है या कोई ऐसी जो काम नहीं करती है वो मान लो दो रुपए की आती है तो और लोग हो सकता है दो सौ लगा रहे हो आपने कहा मैं हजार रुपए की लगाऊंगा ढाई हजार रुपये लूंगा तो डेढ़ हजार का मार्जिन नहीं होगा आपका डेढ़ हजार रुपये करके अगर 10 घर भी आपने एक महीने में करे तो क्या पंद्रह हजार रुपये कमा नहीं लिए पंद्रह हजार कम होते हैं क्या अपने बेस पे जिस दिन पंद्रह हजार कमालोगे ना मेरी इस बात को याद रखना वो कहावत सुनिए शेर के मुंह खून लगने वाली है। yes, अब आप कुछ और नहीं कर सकते आप बिजनेसमैन बन चुके हो जी ऐसे ही बिजनेसमैन बनते हैं एक्चुअल में जिस दिन आपने 10-15000 हजार अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको दस पंद्रह को बीस कैसे किया जाए तीस कैसे किया जाए पचास कैसे किया जाए एक लाख कैसे किया जाए क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं करोड़ों घर है इंडिया में उन सबको अगर टैप करना हो और धीरे धीरे फिर आप क्या लोग अपने साथ में एड नहीं कर सकते हो की कमी है हमारे देश में तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो क्योंकि आप इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो गलत काम थोड़ी कर रहे हो आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो एड्स अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो क्या मुश्किल है इसमें कुछ भी नहीं जी किसी को अपने घर में ऐसा कुछ कराना है उसने एक दो से कराया और वो सेटिस्फाइड नहीं है अब उसको और ढूंढना है तो वो कहां से ढूंढेगा गूगल पे, पे सर्च करेगा तो अगर वो गूगल पे सर्च करे पेस्ट कंट्रोल क्या बोलते हैं एजेंसी इन कोई लोकैलिटी है आपकी पर आप रहते हो मान लो लक्ष्मीनगर या उसका कोई भी सराउंडिंग एरिया डाला मान लो पड़पड़गंज आप लक्ष्मी नगर में हो लेकिन वो पड़पड़गंज डाल रहे है, तब आपकी एड आ रही है ये बात समझ आई मैंने क्या बोला है हाँ तो अलग अलग सर्च के लिए आपने अलग अलग एड चला रखी है दोनों आसपास ही है ना दोनों इस दिल्ली में है तो वहां पर कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपकी एड वहां पर नजर आ रही है जब एड आएगी तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी एड कितनी अच्छी है एड में ही आपने क्या करा वहीं पर अपना नंबर दे दिया ये कॉलर फॉर अ फ्री ट्रायल ये और कोई नहीं कर रहा होगा यह आपके पास एडवांटेज होता है जैसे आप एक लाइन में एंटर करते हो क्योंकि जो लाइन में स्टैब्लिश हो चुके हैं वो कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं आप अभी कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो आप कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हो तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते आप अपने ऊपर रख कर के देखो आपने सर्च किया और आपको वहां पर 10 एड्स नजर आई लेकिन उन सब एड में क्या लिखा हुआ था कि कॉलर वो या फिर सिर्फ पांच रुपए में या चार रुपए में एकदम से वहां पर आपको एक एड नजर आई कॉलर फॉर अ फ्री ट्रायल किसको कॉल करोगे ऐसे सोचा जाता है और फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने कॉल किया और आपने क्या किया एक वहां पर छोटे से एरिया में पूरे घर में नहीं फ्री ट्रायल आपने यही तो बोला था ये थोड़ी बोला था पूरे घर का कर देंगे उनकी रसोई में जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है मान लो कॉकरोच की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड आपने उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया और आपने बोला कि आप इसको देख लो दो चार पांच दिन सात दिन अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमको कॉल कर देना और लोग आपसे पांच रुपए लेते हैं हम तीन रुपए लेते हैं या ढाई हजार पहले साल में उसके बाद से हम भी पांच हजार लेंगे <laughs> गलत क्या है <laughs> भाई कमाने के लिए काम कर रहे हो चैरिटी थोड़ी कर रहे हो लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे आपकी इंटेंशन सही है तो जब इंटेंशन सही होगी तो वो लोग अगले साल भी आपसे ही रिन्यू कराएंगे अगर शॉर्ट टर्म विजन होगी नियत खराब होगी तो बंदे आ तो जाएंगे जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से चले भी जाएंगे उसमें मजा नहीं आएगा मजा आता है कि वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए चाहे आपके कस्टमर है एज सिंपल इज दैट ईमानदारी का मतलब क्या जो फेयर होता है अगर वो कस्टमर के साथ भी फेयर है कि जितने का पैसा ले रहा हूं उतने की वैल्यू दे रहा हूं इंप्लॉयज के साथ भी फेयर है कि जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है टाइम पे मिल रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो बन गए बिजनेसमैन हो गया ना आपका दस मिनट में एमबीए खत्म मैं इनसे एक बार बात करूंगा वो किसने बोला था एमबीए वाला हाँ एक वो माइक देना इनको है, मैं तीन सा, ओ, दो साल मेरे वेस्ट हो गए दो साल में मैं से स्टार्ट करता तो मैं कहा होता अभी तो अभी जो हमने बात करी उससे आपको क्लैरिटी आई है तो कितनी क्लैरिटी आ जाएगी जरूरी नहीं सबको खटमली मारने हैं मशीन निकल सारी सर एक मेरे पास मतलब थोड़ा सा आइडिया भी था बट मैं उसको अभी तक वर्क नहीं कर पाया हा, मैं हा, और मेरा एक दोस्त है हम जा रहे थे बाइक से तो हमने साइड में बाइक लगा दी तो ट्रैफिक वाले हमारी बाइक उठा के ले गए ऐसे ही दो तीन बार हो गए हमारे साथ तो उस दिन मेरे को मतलब एक बार लगा कि यार एक ना जैसे रूम वगैरह के लिए ऐप है तो पार्किंग के लिए भी एक ऐप होना चाहिए फोन के अंदर ताकि जैसे हम नियर बाय जाए हम ऐप से क्लिक करें कि नियर बाई पार्किंग कौन सी है जो ऑथोराइज है हाँ। तो हम अपने पार्क कर दे वहां पे अब देखो ये आइडिया अच्छा है लेकिन इसको ध्यान से समझना इस आइडिया का बेस क्या है ऐप बनाना अपने आप में यूनिट बिग इन्वेस्टमेंट फिर ऐप मार्केटिंग आप समझिए वहां पर आप जाकर के फंसते चले जाओगे तो कोशिश करो बिजनेस को सिंपल रखो बेसिक लेवल से शुरू करो जैसे अभी ये पेस कंट्रोल वाली हमने बात करी जैसे जैसे आपके कस्टमर एग्जिस्टिंग बेस बनता चला जाएगा तो क्या इसकी आप ऐप आप नहीं बना सकते समझना अभी मैंने क्या बोला है एक तरीका है कि हम पहले ऐप बनाए फिर काम को शुरू करें मतलब ऐप से पैसा कमाएट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल एक है पहले हमने पैसा कमा लिया मान लो आपके हजार कस्टमर्स हो गए अब आपने ऐप में दो या तीन लाख रुपए इन्वेस्ट किया क्यों बनाई ऐप ताकि कस्टमर्स को पता हो कि अब आपकी नेक्स्ट डेट ये है तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा पहले बिजनेस करो पैसा कमा लो फिर उस पैसे में से कुछ पैसा ऐप बनाने में लगा दो हाँ आपके पास कोई इन्वेस्टर है वो पांच दस करोड़ रुपए लगा रहा है और फिर आप एक ऐप बना रहे हो उसके बाद भी बहुत सारी नहीं चलती है। और आपकी जेब में है दो लाख रुपए आपने ऐप बना दिया अब उसकी मार्केटिंग के लिए चाहिए बीस लाख रुपए कहां से लाओगे तो काम हमेशा ऐसा करो स्पेशली शुरू में जो जीरो इन्वेस्टमेंट का हो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क जीरो टेंशन जीरो स्ट्रेस क्या गया कुछ भी नहीं और कुछ नहीं तो घर का तो काम हो ही जाएगा माँ तो आकर के शबाशी दे देगी शाबाश मेरे बेटे तूने बड़ा अच्छा काम किया हाँ उनको देना माइक जरा हाँ सर मैं महाराष्ट्र के लातूर में रहता हूँ तो हमारा क्या है लातूर में एक ट्यूशन एरिया है वहाँ लगभग साठ हज़ार के आसपास बच्चे पढ़ने के लिए है तो मैं उनके लिए एक लॉन्ड्री सर्विस देने जा रहा हूँ सर अभी जब जो लॉन्ड्री वाले हैं वो कपड़े वापस लौटाने में दो तीन दिन लगा दें इसलिए स्टूडेंट्स के लिए वो कम्फर्टेबल नहीं है सर तो हमने एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स में कपड़े लौटाने के ऐसे प्लानिंग किए हैं हम स्टूडेंट्स से कपड़े कलेक्ट करेंगे टैगिंग करेंगे और जिनकी मशीन से उने यूज करेंगे हम और करके देंगे। आप किसी और पे डिपेंड होने वाले हो जब वो पहले या और अपने जो खुद के कस्टमर है उनको दो तीन दिन में दे रहे हैं तो आपके कस्टमर्स को जल्दी क्यों देंगे आप तो उनके थ्रू हो गए ना बीच में आप भी तो पैसा कमाओगे अगर वो डायरेक्ट दे रहे हैं किसी को उसमें वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उन्हीं को दो तीन लेने वाले बहुत बड़ा ट्रैप है एक लाख की मशीन की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं आएंगे वो आने में ही कुछ महीने लगेंगे हो सकता है एक साल भी लग जाए तो शुरू में काम कम आएगा तो जब कम आएगा तो उसके लिए दस दस हजार की दो मशीन भी होगी तब भी चल जाएगी इसमें ये चाहिए कि आपको ये हो कि यार मैं किसी बंदे से लिया सुबह लिया शाम तक दे दूंगा सेम डे डिलीवरी सेम अगर वो दो तीन दिन में दे रहे हैं अगर आप सेम डे दे, दे पाओ तब तो काम बढ़ेगा आगे अगर आपने भी दो तीन दिन में दिया तो फिर क्या है उसमें आपको अगर उन्होंने दस दे भी दिया तो दस परसेंट में क्या कमाओगे क्या खाओगे अगर मैं आपकी जगह होगा तो मैं क्या करूंगा मैं इसको ऐसे रखता हूं क्योंकि आई एम नो बडी डू से आप ये करो अगर मैं आपकी जगह होगा तो मैं क्या करूंगा आइडिया अच्छा है प्रॉब्लम बड़ी है नीड है मैं क्या करूंगा वॉशिंग मशीन लूंगा शुरू में एक सस्ती से सस्ती मान लो आठ दस हजार रुपये की आ जाती है इतनी की वॉशिंग मशीन है <laughs> ना सेकेंड हाँ। हैंड ले लो इवन बेटर तो वो मैंने ले ली एक एक वॉशिंग मशीन सिर्फ एक से शुरू करूंगा फिर देखूंगा काम कैसे बढ़ रहा है या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ताकि अगर वर्ष के सीनारियों में अगर काम ना भी चले तो वॉशिंग मशीन मेरे घर में तो काम आई जाएगी घर में ले लेकर पैक करके गिफ्ट कर दूंगा सर्वे करने की ज्यादा जरूरत है क्या नहीं सर्वे क्या करोगे इसमें मतलब ये प्रॉब्लम आपने खुद में फेस करी या नहीं करी है? Okay. हाँ तो कपड़े खुद अगर आप धोते हो तो उसकी कॉस्ट आप लगा लो कितनी कॉस्ट आती है अगर उसके आसपास में आप देते हो तो लोग कराएंगे आपसे अगर अभी दस रुपए ऑलरेडी वो दे रहे हैं एक कपड़े का एवरेज होगा किसी का पांच रुपए दस रुपये पंद्रह रुपए बीस रूपए पर मान लो दस रुपए दे रहे हैं एक कपड़े का ऑन एन एवरेज तो वही काम अगर आप पांच रुपए में कर पाओ शुरू में या पांच छोड़ो छह सात में भी कर पाओ और सेम डेट डिलीवरी दे पाओ और प्लस आपके मार्जिन भी हो क्योंकि अब आप खुद कर रहे हो किसी और से करोगे तो वो मार्जिन क्या खाक लेने देगा आपको वो कहेगा भाई दस रुपए में से दो रुपए तेरे को दे दूंगा अब आप भी 10 में दे रहे हो वो भी 10 में दे रहे हो ऊपर से डिलीवरी में आप ज्यादा उसके सर पे चढ़ोगे कि भाई मुझे तो आज ही चाहिए वो कहेगा ले जा उठा करके अपने कपड़े, समझ गए ना प्रॉब्लम तो ये मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप इसका क्या तरीका है कि छोटी सी जगह ली वहां से शुरू किया जैसे जैसे काम बढ़ा भड़ा, मशीन बढ़ाते चले गए एक लाख की एक मशीन लेने की क्या जरूरत है दस दस हजार की चार मशीने लगा दी बाद में एक बंदे को अपने साथ में और जोड़ लिया एक किसी दोस्त को ठीक है ना और उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है नॉट ऑन सैलरी बेसिस उसको बोला कि भाई मेरा एक काम चल रहा है बढ़ रहा है आ जा अब साथ मिलकर करते हैं इतना परसेंट तेरा इतना परसेंट मेरा तो जब कमाई होगी तो उसमें से उसको देना है तू भी तो खाली बैठा है क्या कर रहा है आजा मेरे साथ ही आजा कपड़े धोएंगे मिल करके <laughs> <क्या>? <laughs> और आइडिया है किसी के पास में <laughs> हाँ इनको देना माइक सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है सर फ्लो में नहीं है ऑर्डर्स नहीं आते आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो और कोई नहीं कर रहा है मैंने लास्ट ईयर नवम्बर में स्टार्ट किया था अभी तक नवंबर से मैंने दो ऑर्डर कर रहे हैं अभी तक अभी जून आ गया आज सिर्फ दो हो पाया है पूरे एफर्ट्स दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं और और क्या उन दो के आगे रिकमेंडेशन आ रही है सर so रिकमेंडेशन नहीं आ रही बस लोग रेड करते हैं बस दैट इज वाइम कि अगर आप कुछ ऐसा करो हाँ जी सर जो और कोई नहीं कर रहा है आजी. तब तो एक काम चलेगा अगर वो कर रहे हो जो बाकी सब भी कर रहे हैं तो एज किसके पास में जिसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस सर क्योंकि तो लोग कहेंगे भैया वो दस साल से कर रहा है ये अलग अलग लोग हैं हम जानते तो फिर आपको नहीं बोल रहे माता की चौकी में की थी दूसरी गुड़चड़ी में थी ठीक है सो आई एम फर्दिंग टू गो फॉर कोर्स के लिए. Yes, यहाँ पर करने वाले पहले ही बहुत बैठे बहुत बैठे yes, अभी जो आपकी एज है yes, वो आप यंग हो बीस yes, से बाईस के बीच में यस सर yes, तो कुछ ऐसा करो जो वो लोग नहीं कर सकते जो चालीस पचास साल के है और फैले पड़े हैं चारों तरफ से बैठे है ऐसे yes, होते हैं ज़्यादातर केटरिंग वाले yes, sir, yes, sir. है ना टिपिकली हाँ yes, <laughs> ज्यादा मत सोचो मैं गाली वाली नहीं दी है <laughs> आ, तेरे कान पे कान पे <laughs> आ, लौंडे है कुछ भी सोच सकते yes, तो आप क्या कर सकते हो जो वो लोग नहीं कर सकते करने का सोच भी नहीं सकते बच्चों की बर्थडे पार्टी yes, उसमें केक से लेकर के डेकोरेशन से लेकर के yes, केटरिंग से लेकर के वेन्यू बुक कराने से लेकर के सब कुछ yes, वो आप हैंडल करो yes, बिजनेस में फोकस चाहिए yes, गड़बड़ क्या होती है जब हमें काम को शुरू करते हैं पहले डिफाइन नहीं करते अपनी बाउंड्रीज को जो भी काम आता है जैसा भी काम आता है हाँ मैं कर दूंगा अब फंस जाते हैं। समझ गए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड इज येशन यहाँ पे हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं कार्ड में पैसा बचा लेते हैं ये कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि तो आपके बिजनेस में कोई लाखों रूपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है सिर्फ विजिटिंग कार्ड की है तो ऐसा कार्ड बनवाना जो कोई नहीं बनवा बीस रुपए का कार्ड इन अगर आप पचास भी करते हो तो कितना पैसा लगा हजार रुपए तो लगा हाँ जी सर तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना कि जो देखे उसकी आंखें फट जाए और वहां पे जाकर के इन सारे रेस्टोरेंट्स जहां पर भी इस तरह की पार्टी होती है छोटी गैदरिंग बड़ी गैदरिंग बैंक तो, वहां पर टाइप करना आपने क्या बोला है कि हमारे पास में हम बहुत सारी पार्टी करते रहते हैं हम सिर्फ बर्थडे की करते हैं सिर्फ हम और कोई नहीं करते हम ये शादी शुदी की नहीं करते ये नहीं वो सब नहीं करते हम बर्थडे के स्पेशलिस्ट हैं बर्थडे में भी थीम पार्टीज होती है yeah, रहे हैं। लेकिन आप शुरू कर रहे हो तो आप सस्ते में कर सकते हो yes, ये आपका एडवांटेज आ गया yes, कि वो पार्टी जो सामने वाला बंदा करने के दो लाख रूपये ले रहा है टोटल वो काम आप एक लाख में कर सकते हो ठीक yes, है सारे ऑप्शन अपने क्लाइंट को दे दिए अब अगर उसने चूज किया मेरे को तो इसी बैंक में करनी है तो वहां पर वो आपकी कैटरिंग अलाउ नहीं करेगा तो टरिंग उसकी हो गई, डेकोरेशन yes, आपकी हो गई yes, केक आपकी हो गई मैनेजमेंट yes, पूरा आपका हो गया Anji. प्लस जब उसको आप बिजनेस दे रहे हो, Anji. जिस हॉल को Anji. तो आपको कमीशन तो देगा नहीं देगा, yes, देगा यस सर फैमिली में पे, पे, शुरू में हो सकता है एकदम से आपको काम ना मिले yes, तो पहले आपको काम दिखाना पड़ेगा तो फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होगा उसका फ्री में कर दो फ्री मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोस्ट क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम लग रही है No, वहां से आपके पास में फोटोग्राफ्स आ गई yes, मतलब एक एक लड़की बच्चे का एक लड़का बच्चे का ये yes, सही बोला मैंने गर्ल और बॉय भी तो बोल सकता <laughs> कोई नहीं चलता है एक लड़की का और एक लड़के का yes, दोनों को आपने बर्थडे कर दिया अब यहाँ से आपके पास में आ गया गर्ल्स की ऐसी थीम होती है बॉयज की वहां पर फोटोग्राफी बढ़िया करी हम नहीं करते देख रहे हो अभी समझा कितनी जल्दी ना बोला मैंने अगर कोई बंदा आएगा ना कि ये मान लो कोई बहुत बड़ा बिलेर है वटेवर वो कहेगा कि हमारे बर्थडे पार्टी में या हमारी शादी में आपको फोटोग्राफी करनी है पे पता है कितना पैसा लेते लोग एक शादी का कुछ आइडिया है नहीं है करोड़ों रुपए सर तीस लाख पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ ये फोटोग्राफी का बजट होता है कोई अगर मेरे पास में आएगा की ये हमारी शादी में आपको करना है जी फोटोग्राफी आपका नाम है आपको करना है आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आप खुद आओगे मैं कहूँ भाई तू एक करोड़ छोड़ सौ करोड़ करूंगा नहीं करता तो नहीं करता समझ गए ये हां और नहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में yes, इसमें अगर आप डाउट में पड़ गए तो समझ जाओ आप कभी भी लाइफ में कोई बड़ा नहीं कर पाओगे yeah. फंसके रह जाओगे माइंड भी कंफ्यूज रहेगा अब ये करूं वो करूं ये वो वट एवर अब ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है या नहीं है जीरो yes, इन्वेस्टमेंट ये मतलब आपके चाचे ताई में मामा में इधर उधर वो उनको तो इतना तो पता ही है कि आप उनसे तो पैसा खाने वाले हो नहीं तो बोला कि अब इसका बर्थडे आ ही रहा है मेरे पे छोड़ दो सारा कुछ मैं करूंगा मेरे को शौक है मैं करू बढ़िया मतलब उनका काम देखा उससे आपको पता लग गया काम का क्या लेवल उनसे रेट yes, भी ले लिया रिसर्च हो रही है फ्री में हो रही है अब आप गए आपने दिमाग लगाया कि इस तरह के जो मेरे को सामान चाहिए होता है होलसेल मार्केट कहाँ पर है इस तरह के चीजों की नहीं तो ये जो बर्थडे में जो सामान लगता है अगर वो आप गए किसी बेकरी शॉप से आपने ले लिया या किसी नॉर्मल दुकान से ले लिया वो बहुत महंगा मिलेगा यस सर कॉस्टली वहाँ पे जो चीज आपको मिलेगी पांच सौ रुपए की हो सकता है वो आप कहीं होलसेल मार्केट में जाओ वहाँ पे मिल जाए सौ रुपए की yes, तो पे आपने कॉस्ट कटिंग कर ली समझ गए तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करके यही बात आपने समझा दी जो भी अपने फैमिली में आप करने वाले हो तो आपको क्लियर पता है की ये जो एक लाख रूपये का काम है ये मैं बीस हजार में करने का दम रखता हूँ तो जब मैं ये काम बीस रुपए में कर सकता हूँ तो मैं पचास हजार में बेच भी सकता हूँ तो तो पे 30,000 का का मोटा मोटा मेरा मार्जिन है। है। yes, तो मैं मार्केट से आधे रेट में कर रहा हूं। काम उसी लेवल जी सर। मतलब समझ गए अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि काम 50,000 का भी करने वाले लोग होंगे यस yes, सर। और एक लाख का भी करने वाले होंगे yes, लेकिन आपको काम करना है एक लाख के लेवल का यस yes, सर लेने <laughs> करना पचास हजार और वो आपको कॉस्ट कितनी आ रही है मान लो बीस हजार कम नहीं है यार बहुत होता है Angees और अगर तीस तीस हजार की आपने महीने की नब्बे हजार तो तो yes, से मिल रहा है, जहां पे आपके है जिस जगह पे आप करवा रहे हो बैंक में मान लो एक लाख रूपये वहाँ पे खर्चा आया तो वहाँ से बीस परसेंट आपको मिला तो बीस हजार रूपये वो अलग तो करते करते लाख रूपये महीना आप कमा रहे हो तो पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आप लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके हो all over the web thank you so much sir.